भारतीय दंड संहिता होंगे दरअसल आई पी सी सेक्शन वन इंडियन पीनल कोड के, तो के बारे में पूरी जानकारी बताती है धारा एक बताती है की संविधान का नाम और प्रवर्तन का विस्तार कहाँ कहाँ है या हम बोल चाल की भाषा में कहें तो आई पी धारा की धाराएं कब कहा कैसे और किन हालातों में लागू की जाती है ये सब धारा एक में दिया गया है ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दर्ज